लाडल ड नहीं जाम सासु को महाराज जी जा सुर गोला डल ड नहीं जा सासु को महाराज जी जा सुर गोला डल डा नहीं जा सासु कौर महाराज जी जा सुर गो ला डल ड नहीं जा को से खुशी किट जातिर तुई मार भी है नने योते लाए पंसे कुस किट जातिर तुई मार भी है नने योते लाए प्यंसे कुछ किट जातिर तुई मार भी है नने तेरे लाए प्यांसे कुस किट जातिर तुई मार भी है नने ते तो काई गैारो जे डो तो काई गैनार मारो जे डाय तो काई सो मारे जानो को सो प्यार में लो नई बैन सो मारे जानो को सो प्यार में लो नहीं बने सस मारे जानो को सो प्यार लो नहीं बने बढ़ता है हमारे बस तो बढ़ता है नोडे जय बताई कड़िया हमारे बस तोना सोडे जय बट ताई कड़ियाल हमारे बस तो नो डे जय बद ताई कड़ियाल हमारे बस तोना सो कै कॉर्डर पूरा दुनिया में या सुख कहान जीता रो कै सुखर तू दुनिया में या सुख कहान जीता रो कैक ऑडर तू दुनिया में या सुख कहान जीता रो रै सुखर तू दुनिया में या सुख कहान जीता र लपेटा खागेबाइव कड़िया थे न लपटा खा गेर डी जयट ताइवे कड़िया थे न लपटा खा गेब ताइव कड़िया थे न लपटा खा गेब ताइव लार बंद मारे रे रया क्या मत मार यंग रेजन लार बहन oh! oh! मारे क्या मत मार यंग रे जन लार बहन मारे रया क्या मत मारे यंग रेज लार बहन मारे रे रहोपन प्यार करो बुडवालाडर का योपन प्यार करो बुढ़वाला हडर का बस को तारन प्यार करो बुड वाला हडर का बस को तार